जिंदगी में स्वागत किया था दिल खोल के दूर भाग गई थी हमसे फकीर बोल के अभी आते हैं मैसेज उसके बोलती है कोलेबरेशन कर लो प्लीज बोल